दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको कि आप मतलब किसी भी फ़ोटो को अगर अच्छी क्वालिटी में भेजना चाहते हैं किसी को WhatsApp पे तो आप कैसे भेज सकते हैं क्योंकि हम जब भी WhatsApp पे किसी को कुछ भी सेंड करते हैं वो फ़ोटो तो मतलब उसकी क्वालिटी लेस हो जाती है तो आप उसको अच्छी क्वालिटी में कैसे भेज सकते हैं अपने फ्रेंड को अच्छी क्वालिटी में बेच सकते हैं ताकि वो अपनी फ़ोटो निकलवा सकें या कुछ भी कर सके या एडिट करते टाइम वो उसमें मतलब दाग दब्बे ना आए या फटे नहीं वो तो दोस्तों आज इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अपने दोस्तों के साथ कैसे भेज सकते हैं फुल एचडी क्वालिटी पे तो दोस्तों जैसी जैसी क्वालिटी में भेजोगे वैसी क्वालिटी उसको सामने वाले को मिलेगी ना कि क्वालिटी लेस होगी तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं तो दोस्तों सूरज मीणा इसके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ हाँ तो दोस्तों सबसे सब पहले आपको अपना WhatsApp ऑन करना है जैसे आप अपने WhatsApp पे जाओगे आपके सामने अनेक कांटेक्ट खुलेंगे सब खुलेंगे मतलब आपके पास जो भी कांटेक्ट है सब आ जाएंगे आपके WhatsApp पर तो आपको किसी को भी भेजना है कोई भी वीडियो फ़ोटो या कुछ भी जिसे मान लो मुझे अपने दोस्त को भेजना है शुभम को तो मैं यहाँ से लूँगा अपना फ़ोटो लूँगा यहाँ से फ़ोटो लूँगा जैसे मान लो ये फ़ोटो लिया मैंने और भेज दिया तो इसके पास जो भी क्वालिटी जाएगी वो लेस क्वालिटी जाएगी ना कि अच्छी क्वालिटी जाएगी तो दोस्तों आपको ऐसे वीडियो नहीं भेजना है ऐसे फ़ोटो नहीं भेजना है आपको यहाँ से डोमेंट्स में जाना है यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको सिंपली ब्राउज़र उतर से डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है वहाँ से जाने के बाद आपको अपना जो भी फ़ोटो है वो चूज़ करना है यहाँ से मालूम मैंने ये वाला फ़ोटो चूज़ किया अपना ये वाला फ़ोटो चूज़ करके इसे सेंड कर दिया सेंड करने के बाद वो फ़ोटो डॉक्यूमेंट साइज में जाएगा डोक्यूमेंट्स टाइप में जाएगा तो वो वहाँ जाके खुल जाएगा वहाँ खुलने के बाद जे फाइल जैसे खुलती है वो उसी रूप में रहते हैं जैसे 5.1 पॉइंट के हैं वो तो 5.1 पॉइंट की जाएगी और आप वैसे भेजोगे तो आपको केबी में फाइल मिलेगी जो कि उसकी क्वालिटी लेस हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला हो हाँ तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए और आपको ऐसी वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं उस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा तो दोस्तों आपको जो भी करना है आपको बताइए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आप इस वीडियो को और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ओके दोस्तों अगर और भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर ज़रूर जाए वहाँ पर जाके वीडियो देखें